सभी सम्मानित दर्शकों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाग्य विश्लेषण के इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ अशुभ योग जो होते हैं इनके लिए क्या उपचार किए जाएं कि आखिर में आप लोग इससे छुटकारा पा जाए बिना किसी ज्योतिषी के जो है कंसल्ट के तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ रुकावटें आ रही हैं या कुंडली में कुछ अशुभ योग बने हैं जिनका कि अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जो हम प्रयोग बताएंगे बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रहेंगे और जो हमसे कंसल्ट भी करते हैं उनको भी हम ये प्रयोग बताते आए हैं तो देखिए इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना है संक्षेप में ही बताएंगे सबसे पहला जो योग होता है योग कहले या दुर्योग कहले लें कभी कभी ये योग के रूप में भी फलित होता है और कभी कभी ये दुरयोग के रूप में भी फलित होता है तो केमद दोष अभी एक केमद्रुम दोष है क्या इस पर एक सूक्ष्म से दृष्टि डाल दें तो केमद्रुम दोष होता कब है चंद्रमा के साथ या जब चंद्रमा अकेले हो और उसके एक घर पीछे और एक घर आगे कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम नामक ये योग अथवा दोष बनता है तो इस स्थिति में जातक के साथ होता क्या है तो जातक चंद्रमा चूंकि मन का कारक ग्रह है तो जातक की सारी गतिविधियाँ जो मन से संचालित होती है मन को अशांत करती है अच्छा हाँ ये योग कभी कभी देखिए जो ये किमद्रुम दोष है ये कैसे कैसे भंग होता है ये भी आप देख लीजिए अब चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है लेकिन यदि पीछे एक ग्रह बैठ जाए और आगे कोई ग्रह नहीं है तो चंद्रमा का ये कीमद्रुम दोष भंग हो जाता है चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हो तब भी ये दोष भंग हो जाता है चंद्रमा की डिग्री सपोज करिए 12 डिग्री का है और इसके साथ मंगल वैड्रिया जो है 29 डिग्री का तब भी योग भंग हो जाता है तो तमाम स्थितियां रहती हैं कुंडली आप लोग दिखा लेंगे तो बेहतर रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो है ये योग भंग हो जाता है देखिए केमद्रुम दोष में होता क्या है जा तक बड़ा परेशान हो जाएगा मन में उसको कहीं शांति नहीं मिलेगी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेगा अलगाव की स्थिति बनती रहती है मानसिक रूप से अशांत रहेगा धन की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी बात बात पर क्रोध आएगा तनाव रहेगा और वो कहीं ना कहीं अवसाद से भी ग्रसित रहता है तो यह योग देखिए दर्शकों जो रहता है इसको जो है भंग ना हो तो इस योग को दरिद्र व सकट योग भी कहते हैं कहीं कहीं इसका वर्णन आता है अब इसका उपाय क्या है तो देखिए उपाय पर आप लोग ध्यान दीजिएगा ये प्रयोग आप लोग जरूर करिएगा सबसे पहले तो अकेले मत रहिए मद्रम जो है दोस्त जब होता है व्यक्ति अकेला रहना चाहता है अकेला रह के घुटता रहता है सोचता रहता है इवन कहीं कहीं स्थिति में देखते हैं कि सुसाइड तक की भी स्थिति आ जाती है तो बिल्कुल भी आपको अकेले नहीं रहना है आपको अच्छे दोस्त बनाना है और अच्छे लोगों से आपको संगति करनी रहेगी दूसरा प्रयोग माता के सानिध्य में आप लोग रहिए अपने मां के साथ रहिए माता के साथ उठिए बैठिए और हो सके तो माता से प्रतिदिन पैर छू करके दोनों हाथ से आशीर्वाद आप लोग जरूर लीजिए तीसरा एक प्रयोग हम बताने जा रहे हैं दक्षिणावर्ती शंख जी हाँ दक्षिणावर्ती शंख में अक्षत और चांदी का एक सिक्का शुक्रवार को ला करके स्थापित कर दीजिए और नित्य प्रतिदिन कनक धरा स्त्रोत और श्री सूक्त का आप लोग पाठ करिए इससे जो केमद्रुम दोष आपके कुंडली में जो है बना हुआ है धन की दिक्कत आ रही है ये दूर होगी ये बिल्कुल श्योर है इसको आप लोग करिएगा दूसरा एक प्रयोग और बताने जा रहे हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन जी हाँ माघ मास की पूर्णिमा में आपको करना क्या रहेगा प्रातःकाल जल्दी स्नान करना होगा और स्नान करने के बाद आपको कपास का चावल का दूध का सफ़ेद वस्त्रों का और केसर का दान आप लोगों को ज़रूरतमंदों को करना पड़ेगा ये प्रयोग करिए एक और प्रयोग बताने जा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर चंद्र तत्व तो की कमी रहेगी तो अतः करिए क्या सिल्वर की कमी आपके अंदर जरूर रहेगी हमारे शरीर में हर एक जो है जो अवयव है वो रहते हैं तो करना क्या है एक बोतल ले लीजिएगा बोतल में चांदी के एक दो सिक्के डाल दीजिएगा चांदी के गिलास यदि आप नहीं खरीद पा रहे हैं जग नहीं खरीद पाते हैं तो बोतल में एक दो चांदी के सिक्के डालिए और उस जल का आप लोग सेवन करिए जो चांदी होती है वो जल के माध्यम से आपके शरीर में समाविष्ट होगी याद करिए पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाते थे अब भी आप लोग कहीं कहीं देखिए कुछ अच्छे ब्रांड के जो मतलब जो है स्वीट है जहाँ पर मिठाइयाँ बनती हैं वहाँ पर चांदी के वर्क किए हुए जो है आप लोग मिठाई खाते होंगे तो चांदी बहुत तेज़ दिमाग देती है चांदी का जो है आप लोगों को जो है किसी न किसी रूप में प्रयोग जरूर करना होगा एक अंतिम प्रयोग बताने जा रहे हैं और ये प्रयोग अपने आप में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है फुल मून, फुल मून जानते होंगे पूर्णिमा को बोलते हैं पूर्णिमा वाले दिन आपके ब्लड में आपके ब्लड में नमक बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए किसी भी प्रकार का चाहे वो रॉक सॉल्ट हो चाहे वो ब्लैक सॉल्ट हो चाहे वो व्हाइट सॉल्ट हो किसी भी प्रकार के नमक का आपको सेवन नहीं करना रहेगा और रात्रि में खीर बनवा लीजिएगा और यदि चांदी की कटोरी होती है तो ठीक है नहीं तो खीर में एक चांदी का सिक्का डाल के चंद्रमा की रोशनी में कम से कम एटलीस्ट आप लोग एक से डेढ़ घंटे तक की रखिए जो चंद्रमा की फूटान कड़ है वो उस खीर में समाविष्ट होंगे उस खीर को चला करके फिर आप खाइए बड़ा आनंद आएगा आपका मन बहुत ज़्यादा शांत रहेगा चलते चलते एक अंतिम उपाय बताते हैं केमद्रुम दोष का क्योंकि कई जातकों का जो केमद्रुम दोष था जो उनके जीवन में बाधाएं आ रही थीं, इसको हमने काफ़ी हद तक की इन्हीं उपायों से हमने कम किया है एक अंतिम उपाय ये रहेगा कि प्रातःकाल जल्दी उठिए और भ्रामरी प्राणायाम करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए आपका मन बहुत हल्का रहेगा बहुत शांत रहेगा तो ये प्रयोग कैसा लगा आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा इसके अलावा दर्शकों बताना चाहेंगे कि जन्म कुंडली में एक और दोष आ जाता है मांगलिक दोष जी हां, मांगलिक दोष देखिए मंगल जब एक चार सात आठ बारहवें भाव में होता है तो मांगलिक दोष होता है मांगलिक दोष तमाम जो लोग दो चीज़ों से देखते हैं जन्मकुंडली से दूसरी चंद्र कुंडली से लेकिन एक और भी विधि होती है शुक्र का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है तो तीन जो है स्थितियों से मांगलिक दोष देखा जाता है तो यदि जन्म कुंडली में प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम व द्वादश भाव में मंगल की स्थिति होती है तो मांगलिक दोष बनता है और यह विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है सब लोग कहते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ करनी चाहिए कुछ जोशियों का कथन है कि एक चोर को दूसरे चोर का साथ मिल जाएगा तो क्या वो अच्छा होगा तो इस पर हम तो नहीं सहमत हैं हमारा शास्त्र जो कहता आया है हम अपने शास्त्रों की बात पर गौर करेंगे हम किसी की मनगणन कहानियों पर यहाँ पर जिक्र बिल्कुल भी नहीं करेंगे मांगलिक दोष में देखिए दर्शकों होगा क्या देख? तमाम जो है कुंडलियाँ जो है जो नहीं मिलाई जाती है बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो मांगलिक दोष को कैसे कम किया जाए कैसे इसका जो है यदि आप लोग प्रेम विवाह कर रहे हों और जातक मांगलिक हो या जो है जातिका मांगलिक ना हो तो क्या करना चाहिए आप लोगों को देखिए वैवाहिक जीवन में सुखमय बना रहे हर किसी के जीवन में जो है बहुत ही जो है आदर सत्कार रहे एक दूसरे के प्रति तो होगा क्या दर्शकों हम आपको कुछ उपाय बताए दे रहे हैं आप लोग जो है नोट कर लीजिए सबसे पहले विवाह के पहले जी हां विवाह के पहले कुंभ विवाह या पीपल के वृक्ष से विवाह करना चाहिए ऐसा हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा हुआ है दूसरा एक प्रयोग करने जा रहे हैं बताने जा रहे हैं उज्जैन में मंगलदेव का मंदिर है आप लोगों को पता होगा तो वहाँ पर जा के आप लोग दर्शन कर लीजिएगा तीसरा एक प्रयोग और बता रहे हैं मनसा देवी जानते होंगे उत्तराखंड में है तो मनशा देवी के भी दर्शन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा मंगल जो है मंगल देव को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन का आप उपवास कर सकते हैं नित्य रूप से सुंदरकांड का यदि आप पाठ करते हैं तो मंगल दोष में तमाम चीजों में कमी आती हुई दिख, दिखेगी इसके साथ साथ दर्शकों एक चीज और बताना चाहेंगे देखिए कुछ चीजें अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए तो यदि आपके ऊपर क्रोध जाता आता। ताली एक हाथ से नहीं बचती दोनों हाथ से बचती है यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आपके पार्टनर उस समय शांत हो जाए आपके पार्टनर को क्रोध आ रहा है तो आप शांत हो जाए प्लस प्लस हमेशा प्लस निकलेगा लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है तो फिर माइनस ही निकलेगा तो ये चीज़ें आप लोग करिए हाँ एक लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर कालसर्प सर्पदोष के बारे में कभी बताइएगा तो देखिए कालसर्प सर्पदोष तो काल होता ही नहीं है फिर भी लोग पता नहीं क्यों किसके बहकावे में आकर के जा करके जो है उज्जैन में या त्रम्बकेश्वर में जा कर के काल सर्पदोष की जो है फर्जी पूजा कराते हैं शांति कराते हैं आप लोग वहाँ पर जाइए वहाँ पर जा करके आप लोग दर्शन कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर जा करके काल दोष की शांति कराते हैं तो जब कोई इस प्रकार का दोष ही नहीं होता है तो आपकी मर्जी पैसा आपका है रुपया आपका है आपको जो करना है करिए उससे कोई मतलब नहीं है तो यदि बहुत ज़्यादा आप लोग लोगों को जो है अच्छा वो करना है तो आप लोग वहाँ जा के दर्शन करने के उपरांत दान पुण्य वगैरह कर सकते हैं तो ये तो थे कुंडली में देखिए कुछ दोष अब जो हमने दोष के बारे में आज चर्चा की मेन जो है जो था ये केमद्रुम दोष था दूसरा मांगलिक दोष था केमद्रुम दोष के बारे में इसलिए हमने चर्चा की क्योंकि तमाम हमारे जो जातक हैं बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित इस दोष से रहते हैं और उनको उपाय नहीं मिलते प्रयोग नहीं मिलते तो ये प्रयोग हमने बताया उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आप सभी दर्शकों को पसंद आया होगा कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा और आने वाले वीडियो में और एक दोषों पर हम चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से आप लोगों को बताएँगे दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार